के को बार दो यार भाई और ये करता आपको ये वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।